हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे आज के सीडियो में आपको बताने वाला हूँ जब भी आप यूट्यूब पे वीडियो या फेसबुक पे या कोई भी सोशल मीडिया पर आप अगर वीडियो बनाना बनाने की सोच रहे हो और आपकी वॉइस की जो आवाज़ की क्लियरिटी है उसमें थोड़ा अपडाउन है जैसे मेरी भी अभी आवाज़ है वो क्लियरली नहीं आ रही है बट मैंने भी एक चीज़ ट्राई की सोनाटा गोल्ड मॉडल एस माइक मैंने आज ही मंगाया अब इसका हम लोग देखने वाले हैं कि वॉइस आवाज़ है वो कैसी है अगर बजट की बात करूँ तो ये लगभग लगभग 999 सौ निन्यानवे रुपये में आपको अमेजन या फ्लिपकार पे वो मिल जाएगा बट मैंने अभी इसको टेस्ट नहीं किया है कि इसकी माइक की क्वालिटी कैसी है किस तरीके से आवाज़ है अभी जो आवाज़ सुन रहे हो आप वो डायरेक्ट फोन के माइक से आवाज़ है वो कैप्चर हो रही है बट अभी इस माइक से हम लोग वो टेस्ट करने वाले हैं कि इस माइक की आवाज़ है वो कैसी है आप खरीदने की सोच रहे हो तो आपके लिए सही है या नहीं है तो इसके बारे में हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं तो एक्चुअल में इसके पीछे जो लिखा हुआ है वो तो आप देख ही पा रहे हो कि लगभग इसकी जो रेंज है वो 20 मीटर के आसपास पास है तो हम लोग ये भी चेक करने वाले हैं कि ये 20 मीटर तक चलने वाला है या नहीं चलने वाला है आवाज़ की क्लियरिटी क्या है तो चलिए चलते हैं सबसे पहले मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या निकलने वाला है तो चलिए देखते हैं तो आप देख पा रहे हो इसके अंदर आपको एक तो ये मिल रहा है जो आपको आवाज़ सेंडर है ये वॉइस को रिसीवर करने वाला है ठीक है इसके साथ में आपको ये बहुत सारे कुछ पोर्ट मिल जाते हैं आपको दिखा देता हूँ ये पोर्ट मिल गया एक ये मिल गया ये यू वाला है लैपटॉप में या डेस्कटॉप में भी काम में ले सकते हैं ये नॉर्मल मोबाइल में जो मेरे वाला फ़ोन यूज़ कराऊँ उसमें ये सही है और ये आप एप्पल के फ़ोन में भी है वो काम ले सकते हो इसको सिंपली ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको एक पावर बटन मिलता है इसको प्रेस करके रखना है तो ये हो जाएगा अभी देखो रेड लाइट और दोनों ग्रीन लाइट दोनों बीप हो रही है कैमरे के अंदर आपको दिख रही होगी तो अगर ये लाइट बीप हो रही है इसका मतलब ये कनेक्ट नहीं है बट अगर ये लाइट बीप नहीं हो रही है ग्रीन है तो इसका मतलब आपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप के अंदर है, वो प्रॉपरली कनेक्टेड है तो अभी ये कनेक्टेड है नहीं तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ इसके बारे में पूरा स्टेप बाई स्टेप आपको आवाज तक है वो सुना के दिखाने वाला हूँ अभी जो आप आवाज़ सुन पा रहे हो वो खिलेटी डायरेक्ट मोबाइल के माइक से अभी इसके माइक से कैसे आने वाली है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ तो कुछ और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है ये जो है वो खाली है और इसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको चेक कराने वाला हूँ कि इसके अंदर क्या आया हुआ है इसमें तो इसके अंदर हमें नॉर्मली आपको मिल के रहा है इसमें कुछ नहीं मिल रहा है आपको टाइप सी टू ये वाला जो सिस्टम है वो चार्ज होता है इसे आप यहाँ पे लगा के इसको इजीली है वो चार्ज है वो कर सकते हो अब इस माइक की आवाज़ कैसी आ रही है किस तरीके से इसकी आवाज़ की क्लियरिटी है वो मैं आपको अपने लैपटॉप में चेक कराने वाला हूँ मोबाइल ऑलरेडी उसमें लगा हुआ है तो मोबाइल से मैं छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ बट माइक से लैपटॉप में अपने माइक जोड़ के आपको दिखाता हूँ अभी जो मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हो उससे बेस्ट आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है वो आप चेक करवाता हूँ मैं अपने लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए ये देखो आपको यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो मैं यू के अंदर अपने मोबाइल में ये कनेक्टर यहाँ पर लगा देता हूँ और ये अपने मोबाइल में कनेक्ट के लिए जोड़ देता हूं अब जैसे ही मैं देखो इसको ऑन कर रहा हूं मैंने इसको ऑन किया तो देखिए इसमें लाइट है वो पूरी की पूरी ग्रीन हो गई है इसका मतलब ये प्रॉपर्ली अपने सिस्टम के अंदर है वो कनेक्ट है, हो चुका है अब लैपटॉप की रिकॉर्डिंग ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ दोनों आवाजों के अंदर मैं डिफरेंस दिखाऊंगा अभी जो आवाज है वो मोबाइल की आवाज है तो अभी आप जो आवाज सुन पा रहे हो मेरे मोबाइल की आवाज है अब मैं इस आवाज को चेंज करूँगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसका माइक है वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यू वाला माइक है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया अब मैं जो बोल रहा हूँ वो इसके अंदर आ रहा है अब मैं ये थोड़ी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो आपको करके चेक कर रहा हूँ तो पहले हम आपको मोबाइल अभी देखो अब जैसे मैं मोबाइल के अंदर बोल रहा हूँ तो ये जो आवाज है ये मोबाइल वाली आवाज है अब मैं आपको स्क्रीन वाली आवाज सुना रहा हूँ तो अब आप जो आवाज सुन रहे हो वो स्क्रीन वाली आवाज है तो ये आवाज और उस आवाज के अंदर आपको क्या डिफरेंस लगता है तो आप खुद ही इस आवाज को सुनकर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा माइक है वो बेटर है तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने इस माइक का टेस्ट किया है इसमें 20 मीटर रेंज दे रखी है बट ये 20 मीटर तक वर्क है वो प्रोपरली नहीं कर पाता है 15 मीटर या बारह मीटर तक आवाज है वो एकदम प्रोपरली आती है उसके बाद अगर आपकी दूरी बढ़ती है तो इसकी आवाज जो आवाज की फ्रिक्वेंसी है वो बार बार कट कट के आवाज है वो आने वाली है तो बेसिकली आप इतना यूज कर रहे हो जैसे न्यूज के अंदर या ज्यादा लेंथ या ज्यादा दूरी के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ये माइक आपके लिए प्रोपरली वर्क करने वाला अगर आप ज्यादा दूरी के लिए यूज़ कर रहे हो तो दूसरा माइक देख लेना अगर आपके लिए 12 से 15 मीटर तक की रेंज की दूरी में वीडियो रिकॉर्ड करने टेक्निकल तो के के तो से रिलेटेड और देखने के लिए को करना है वो बिल्कुल भी मत बोलना क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे आप वीडियो को देख लेते हो बट चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल